जय हिंद आप सभी का एमएस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है आज फिर से मैं हाजिर हूं इंग्लिश का सेट वन लेकर के जैसा कि आप देख सकते हैं आप जानते हैं कि इंग्लिश का सेट सभी टर्म टू का छोड़ दिया गया है सेट वन सेट टू और सेट थ्री उनमें से मैं सेट नंबर वन लेकर के फिर से हाजिर हूं और आप इस चैनल पर मैथ का और साइंस का सेट वन और सेट टू और सेट थ्री भी देख चुके होंगे वो प्ले में है जब भी आपको देखना हो तो जा करके आप देख सकते हैं उसी तरह से बहुत डिमांड था बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था और मैसेज किया था कि सर इंग्लिश का भी सेट बनाइए तो आज इंग्लिश का सेट वन लेकर के हाजिर हूँ अब तरीका तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो थ्री सेक्शंस में है उसमें से कुछ जो से, सेक्शन वन है वो सात नंबर सात क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो दो दो नंबर का होता है और जिसमें से पाँच का जवाब देना होता है फिर सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है जिसमें दो क्वेश्चन होते हैं तीन क्वेश्चन होते हैं तीन में से किसी एक का जवाब देना होता है फिर सेक्शन थ्री जो है आपका उसमें से फिर सात क्वेश्चन है और उसमें से किसी पांच का जवाब देना है और आखिरी सेक्शन जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चन वाला उसमें से दो क्वेश्चन होते हैं और किसी एक का ही जवाब देना होता है हालांकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन को सोल्व किया गया है ताकि आपको जो या जिस क्वेश्चन का आंसर आसान लगे उसे आप कंप्लीट करें और यकीन मानिए कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से टर्म टू फाइनल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फायदा होने वाला है तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है आप जानते हैं कि सबसे पहले इंग्लिश सेट में पैसेज होता है पैसेज रीडिंग में आइए हम लोग देखते हैं क्या है कहता है इन एवरी कंट्रीपल एंड दस आर नॉट सो गुड एस दे आर कथा है कि पैसेज में कि हर कोई, in every country people, हर देश के लोगों को यही लगता है कि वही लोग सबसे अच्छे हैं उसका देश ही सबसे अच्छा है ये साइकोलॉजिकली uh, सभी लोग ऐसा सोचते हैं कहता है द इंग्लिश मैन थिंक्स दैट ही एंड हिस्स कंट्री आर द बेस्ट अंग्रेज लोग सोचते हैं कि वो और उसका देश सबसे अच्छा है उसी तरह से आगे देखेंगे एंड द फ्रेंच मैन फ्रेंच लोग यानी कि फ्रांसीसी लोगों भी कि अच्छा को भी लगता है कि वो और उसका देश सबसे अच्छा है उसी तरह से जर्मन को भी लगता है कि वो और उसका देश सबसे अच्छा है उसी तरह से इटेलियंस इटली के लोगों को भी लगता है वो और उसका देश सबसे अच्छा है ठीक उसी तरह से सिमिलरली मैनी इंडियंस इमेजीन दैट इंडिया इज इन मैनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि भारत बहुत तरीकों से दुनिया का सबसे महान देश है बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिस्स कंट्री और ये बात सही है कि हर कोई खुद के बारे में और खुद के देश के बारे में अच्छा ही सोचना चाहता है और जानता है बट द really there is no person who has not got uh, got some good and some bad qualities lekin duniya mein koi aisa vyakti nahi hota jisme kuch acha ya kuch burai na ho matlab har ek vyakti mein every man has some good and some bad qualities definitely in the same way there is no country which not partly good and Partly bad. उसी तरह से कोई देश ऐसा नहीं है जो किसी मैटर में अच्छा और किसी मैटर में बुरा नहीं है फिर आगे कहता है We must take good wherever we find and try to remove the bad wherever it may be. मे बी यानी कि अगर हमें कुछ अच्छा है तो भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और कुछ बुरा है तो भी उसे दूर करना चाहिए तो ये पैसेज का मैसेज है आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर पे पहला क्वेश्चन है, है, कहता वट डू पीपल थिंक इन एवरी कंट्री अब इसमें देखिए कि हर देश के लोग जो है वो क्या सोचते हैं हर एक देश के लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं तो क्या कहता है आंसर में देखिए कहता है अच्छा एक चीज मैं लेकिन पहला अच्छा क्वेश्चन जो है कहा है तो आइए क्या लिखा है, है ना? कि हर देश के लोग क्या कहता है कि वर्ट डू पे लिखा हुआ है पहला आपका की इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड दर नॉट सो गुड एस दे आंसर तो पैसेज वाले को देख करके पैसेज वाले प्रश्न को देख करके हमें घबराना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए क्योंकि तो लगभग आंसर उसी में होता है हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं बदलाव हो जाता है लेकिन आंसर तो उसी में होता है जैसे देखिए तो ये आंसर जो है आपका सेम टू तो सेम यहाँ पे मिल रहा है सेम आंसर देखिएगा तो ये सेम आंसर आपको यहां पे देखने को मिल जा रहा है कि इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लीवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एस दे आर तो ये वहीं से लाया गया है वहीं ये पैसेज का आंसर है पैसेज से ही लिखा गया है ठीक है अब मैं कोशिश भी किया हूं कि आंसर पैसेज से ही लिखू ताकि आपको एक्स्ट्रा याद ना करना पड़े क्योंकि अलग से लिखेंगे, तो आपको याद भी करना पड़ सकता है तो पैसेज में ही है, आउट से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन वो मेनी इंडियंस इमेजीन बहुत सारे भारतीय लोग क्या सोचते हैं तो बहुत सारे भारतीय लोग क्या सोचते हैं इसका भी आंसर जो है पैसेज में जैसे लिखा है आंसर देखिए मैनी इंडियन इमेजीन दैट इंडिया इज इन मेनी वेज द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आइए इसका आंसर पैसेज में कहा है तो फिर से देख लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो तो देखिए आप देखेंगे आगे हम लोग पढ़ेंगे तो तो देखिए लिखा है उसका आंसर पर आपको मिल जाएगा तो इस चीज को आपको देखने की जरूरत है आंसर यहीं पे होता है थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है What must we do? हमें क्या करना चाहिए What must बी do? हमें क्या जरूर करना चाहिए आइए देखते हैं क्या करना चाहिए कहता है यानी कि जहां कहीं भी कुछ हमें अच्छाई मिले या अच्छा चीज मिले उसे हमें ग्रहण करना चाहिए एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर कुछ बुरा चीज मिले हमें या कहीं और तो उसको रिमूव करना चाहिए उसको हटाना चाहिए उससे बचना चाहिए तो इसका भी आंसर जो है आप देखिए कि पैसेज में ही दिया हुआ है अब पैसेज में देखिए देखेंगे हम पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा आपको कि वी मस्ट टेक गुड वेर एवर यू फाइंड एंड ट्राई टू तो रिमूव द बेड वेर एवर इट मे बी तो उसका आंसर भी आपको पैसेज से ही मिल जाता है नेक्स्ट आंसर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वॉट डज अजेज एक आदमी में क्या होता है क्या गुण होता है अच्छाई बुराई क्या होता है तो ये हम लोग पैसेज में पढ़े थे जैसा लाइन में पूछा गया है वैसा ही जवाब देने के लिए ताकि थोड़ा सा सूटेबल आंसर लगे आइए पैसेज में फिर से देखते हैं जैसे लिखा है क्या लिखा है रियली देर इज यहां से देखिएगा थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ पे लिखा देखिए, रियलीयर इज नो पर्सन हु गुड एंड सम बैड क्वालिटी तो यहां पे क्या लिखा है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कुछ अच्छाई और कुछ बुराई नहीं होता है तो यही चीज को हम लोग थोड़ा सा मोडिफाई करके लिखे हैं A man possesses some some good and some bad qualities. तो choose the चूज द एंटोनियम उल्टा शब्द विपरीत जिसको विलोम शब्द हम लोग हिंदी में बनाते हैं उसी तरह से जैसे लिखा यहाँ पे worst यानी सबसे बुरा superlative degree में है तो बहुत सारे लोग worst का good बता देते हैं लेकिन चूंकि आपके पैसेज में available है best तो बेस्ट को ही लें क्योंकि ये ये ये भी भी तो ज़्यादा बेहतर होगा उसी तरह से few, मतलब कुछ बहुत तो ये दोनों का अपोजिट आपको मिल गया नेक्स्ट है प्राउड फर्स्ट वर्ड जो है आपका प्राउड तो सेंटेंस कुछ भी बनाइए आई एम प्राउड या आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन जो आपको आसान लगे एकदम आई एम प्राउड ओके ज्यादा लंबा सेंटेंस बनाने में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे गलतियां भी हो जाए तो कोशिश करें कि छोटा हो और जिसमें आप गलती ना करें नेक्स्ट आपका कंट्री इंडिया इज अ कंट्री इंडिया इज अ बिग कंट्री इंडिया इज द बेस्ट कंट्री जो आपको पसंद हो छोटा सा सेंटेंस बनाइए ताकि गलती होने के चांसेस ना रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव अटेबल टाइटल फॉर द गिन पैसेज इसके लिए पैसेज कहीं कहीं कंट्री भी लिख सकते हैं या गुड एंड बैड इन अ कंट्री एक देश में अच्छा या बुराई ये आपका टॉपिक का आंसर हो गया नेक्स्ट है आइए यहां से हम लोग देखेंगे एक है एक पत्र लिखना है कत है राइट एंड एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी इन योर स्कूल तो आपको एक एप्लीकेशन पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल के पास और आपको रिक्वेस्ट करना है कि स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए तो ये आ, बहुत बार लिखाया गया है हालांकि ऑनलाइन तो नहीं बताया गया था लेकिन एक वीडियो बनाया गया है या बहुत जल्दी एक बनाकर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कि लेटर राइटिंग का क्या क्या उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं तो ये क्लास एट नाइन और इलेवन सब का काम आ जाएगा खैर आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कतः है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे द हेडमास्टर या द प्रिंसिपल ठीक है उसके बाद आप स्कूल का जो एड्रेस होता है वही उसका एड्रेस हो जाता है आप चाहे तो यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं उसके बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट फैसिलिटी ऑफ लर्निंग कंप्यूटर आप क्या डिमांड कर रहे हैं सब्जेक्ट ये है कि लर्निंग कंप्यूटर फैसिलिटी हम लोग डिमांड कर रहे हैं रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद से फिर यहां पर आप कोमा डालेंगे उसके बाद है, आई वु लाइक टू ड्रॉ योर टू द फैक्ट दैट स्टूडेंट्सलिटी तो यहाँ पे स्टूडेंट है ये कहना चाहता है प्रिंसिपल को कहता है कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर हमारे स्कूल में कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी नहीं होगी तो हमारे स्टूडेंट्स जो होंगे स्कूल के वो कंप्यूटर नॉलेज में बहुत ज्यादा पिछड़े साबित होंगे You will feel today that computer learning is a great addition to the advancement of knowledge, and it is a necessary as food. As necessary as food, खता है आगे. आपको यह जरूर feel होगी, महसूस होगा कि computer learning जो है अभी के एडवांसमेंट के युग में बहुत ज़्यादा जरूरी है ये उतना ही जरूरी है कि जितना अभी हमारे लिए भोजन जरूरी है क्योंकि हर सेक्टर में कंप्यूटर का यूज होने लगा है खुद अभी देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं ये डिजिटल पैनल बोर्ड है इसमें कंप्यूटर लगा है सारा क्वेश्चन वगैरह एडिट हो जाता है आसानी से पढ़ाना लिखाना बहुत तरह आसान है तो ये जरूरी होता है इस वजह से वो बच्चा कह रहा है कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी कितना जरूरी है आइए कहता है इिस्पेक्टिव ऑफ गुड फूड गुड और बैड Aspects that computer learning has कंप्यूटर लर्निंग हालांकि लेकिन आवश्यक हो चुका है जो करना ही पड़ेगा सीखना ही पड़ेगा In the circumstances, <coughs> इस परिस्थिति में <coughs> I would request you to introduce computer education and provide the students द फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर लर्निंग एज फार एज पॉसिबल आखिरकार वो कहता है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कंप्यूटर लर्निंग फैसिलिटी जितना जल्दी हो सके हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस कर दिए जाए शुरुआत कर दी जाए थैंक योग यू योर सिंसेयरली रोशनी कुमारी ये पे आपका नाम हो गया तो इस तरह से आपको एक बार रोक करके देख लीजिएगा लिख लीजिएगा या एक दो बार देखिएगा सुनते और देखते हो ना तो बहुत ज्यादा याद होता है लिखने और पढ़ने से ज्यादा होता है तो एक दो बार सुनिए और देखिए धीरे धीरे आपको कंफर्म हो जाएगा आइए नेक्स्ट इसी में और लेटर है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू तो आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और इन्वाइट करना है कि समर वेकेशन वो आपके साथ ही बिताए चलिए शुरू करते हैं हम लोग पत्र पत्र में।, पत्र में आपको पहुंच नहीं रहा वहां से जा रहा है, Next, आगे है आपका देट लिख, देट लिखना है आपको, ठीक है डेट लिखने का जो भी फॉर्मेट आपको पसंद हो उसी तरह से लिखे उसके बाद यहां पर आएगा डियर फ्रेंडा देंगे फिर आइए देखते हैं मेनी थैंक्स फॉर यू योर स्वीट लेटर कहता है आपको तुम्हारे पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई कैम टू नो दैट योर स्कूल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन फ्रॉम ट्वेंटी मई मुझे यह पता चला कि तुम्हारा स्कूल 20 मई से समर वेकेशन के लिए बंद हो रहा है आई वुड लाइक टू गिव यू प्रपोजल फॉर स्पेंडिंग द समर वेकेशन विथ अस एट आवर प्लेस मैं तुम्हें एक प्रपोजल देता हूँ कि प्रस्ताव देता हूँ कि समर वेकेशन आकर के मेरे गांव में ही हमारे साथ बिताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम कंफाइनमेंट इन द सिटी यू विल फील हैप्पी इन द कंट्री साइड बहुत ही लंबे समय के बाद आपको शहर में जो शहर में हवाएं बहुत चौकअप करने वाली होती है तो वही उसको लिखा है कि अब जब हमारे कंट्री साइड में यानी कि विलेज एरिया में आएंगे देहात एरिया में आएंगे तब यहां पर आपको फ्रेशनेस फील होगा the rural environment will help you refresh your mind and restore your energy aur tihat ka jo environment hai wo aapko refresh karega aapke dimag ko aur aapke sharir ko restore karega the bank of river and jhao uh, groups are uh, special attraction of my blaze or नदी का किनारा और पेड़ पौधे जो झाड़ियां हैं खूबसूरत हैं वो हमारे गांव का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है माई पेरेंट्स विल ऑल्सो बी वेरी ग्लैड टू हैव विथ यू कहता है हमारे पेरेंट्स तुम्हें अपने साथ पा करके बहुत ज्यादा खुश होंगे प्लीज ट्राई एट योर लेवल बेस्ट टू कम हेयर नो मोर टूडे More when you come है ना आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मतलब पूरी कोशिश करना यहां आने का और आज ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता बस आओगे उसके बाद ही बात होगी your loving friend अब यहां पर आपको कोई अपना नाम जो होगा एक्स वाई जेड या ए बी सी डी जो कुछ डाल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर टेन ये एक पैराग्राफ लिखने के लिए दिया गया अच्छा पैराग्राफ में भी दोट लेटर तो दोट मिला था दोनों में से किसी एक का जवाब देना था हालांकि मैंने दोनों का जवाब दिया है ताकि टाइम जो, really, जो होता है वो पैसे से बहुत ही ज्यादा कीमती होता है बिकॉज इफ मनी स्पेंड इट कैन बी Recovered. अगर पैसे खर्चे हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है बट वंस लाया नहीं जा सकता बट इफ समय और मौका एक बहुत बड़ा कहावत है कि समय और मौका किसी का खास इंतजार नहीं करता अगर आप नहीं तो कोई और आ जाता है आपकी जगह पर next it is actually similar to the existence of life on earth or ye dharti par jo jeevan hai us astitva ka karan hai and that is the way life on earth is true aur dharti par life isi wajah se hai kyuki samay hai this is saying is completely true yes kaana bilkul sahi hai time runs continuously samay tezi se beeta raha tha without any interruption bina ruke hue this does not wait for anyone therefore we should not waste our precious time without any purpose and any age of our life aur kyunki samay chalta hi rehta hai ye kisi ke liye rukta hi nahi hai to hame bhi kabhi bhi samay ko kharab nahi karna chahiye yuhi kisi bhi umar mein waste nahi karna chahiye we should always understand the meaning of time and accordingly it should be used positively to meet some objectives isiliye hame samay ke mahatva ko samajhte hue अच्छे से इसका प्रयोग करना चाहिए और पॉजिटिवली यूज करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें वी शुड कंटिन्यू टू लर्न समथिंग और समथिंग फ्रॉम इट। इट इफ रिमेंस एनी देन व्हाई कैन नॉट वी डू दिस और इस तरह से कहता है हमें वी शुड कंटिन्यू टू लर्न समथिंग और समथिंग कंटिन्यूसी फ्रॉम इट मतलब लगातार और लगातार हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी हमें समय को चूंकि रु, नहीं रुकता है उसी तरह से हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए कोशिश करते रहना चाहिए नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है आप देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज आपको अगर लगे तो इसको भी देख लीजिए आप ठीक है वरना वही सही है आपको जो पसंद आए उसको याद कर लीजिएगा ठीक है आ, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप इसको वीडियो को पॉज करिएगा देख लीजिएगा अगर आपको यही ईजी लगे तो इसी को वरना वो वाला लिख लीजिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 जो सेक्शन सी से है बुक से कुल मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहला है रीड द गिवन गि एंड कहता है इज़ द ह्यूमन दैट इन देंस ऑफ एयर दैट इज एवरी ओन तो ये पैसेज अगर आपको पढ़ाया क्या होगा ठीक है तो आपको जरूर बताया गया होगा कि नो मेन आर फॉरन है उसमें से ये लिखा गया है और उसमें से आइए सबसे पहले है नेम तो द मिलेगा पहला आंसर आपका यहां से है नो मेन आर फॉरन ठीक है दूसरा है हुन दिस लाइन तो ये लाइन जो लिखा गया जेम्स के द्वारा और चूज अ वर्ड फ्रॉम द स्टेंजर विच मीन पोलियोलूट मीन गंदा करना तो पोल्यूट का यहां पे डिफाइल हो जाएगा नेक्स्ट आगे आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पे पैसेज है जो आपका किताब से ही है माय फादर हैड आबीन मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ फिर डिस्पाइट दिस डिस एडवांटेजेस ही पजेस्ट ग्रेट इन ने विजडम एंड ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्प्रिट तो कहते हैं हु इज द स्पीकर ऑफ इन दबर लाइन ठीक है तो ये जो माई चाइल्ड जो चैप्टर है वहां से लिया गया है तो इसके स्पीकर कौन है तो ये लाइन जो बोला गया है अब्दुल कलाम जी के द्वारा बोला गया है उसके बाद है वाई डिड नॉट है किसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं प्राप्त किया था तो कलाम्स फादर जैन आबेदीन और चूज अवर्ड विच मीन्स inborn the inborn means in net next question number 13 13 question mein likha hai can a simple jab of the knife kill a tree why not next the answer is that no a simple jab of knife does not have the ability to kill the tree it has to go through various process uh, uh, processes If its true uh, root is not removed from the earth, it will sprout again. जिसमें आप पोयम में पढ़ाया गया होगा आपको कि पहले उसको काटो गिराओ फिर वो सूखेगा फिर उसके जड़ को खींच के बाहर निकालो उसको सूखने दो तो इस प्रोसेस से जाना होगा और इतना ही नहीं क्योंकि तो जड़ अगर छूट गया तो इफ रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ अगर रूट को uh, जड़ को नहीं खड़ा नहीं किया फिर से ये खिल जाएगा फिर से स्प्राउट होगा फिर से ना फिर से पेड़ आगे निकल जाएगा Next है. ओल्ड लेडी फोर है ना ये सेंट पीटर सबसे लंबा पोएम में जो आपका तो सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या मांगा और उस ओल्ड लेडी का क्या रिएक्शन था आइए देखते हैं कथा है सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी For a piece of cake, Saint Peter ने old lady से a piece of cake मांगा ठीक है देन द लेडी बिहेव माइजरली एंड्रीजिंग साइज ऑफ द केक अब उसने कैसा बिहेव किया तो वो बहुत ही मतलब कंजूस टाइप का बिहेव किया और बार बार देख रहे थे कि जो वो लोग बना रहे थे धीरे धीरे और छोटा करते जा रही थी हालांकि उसको बढ़ा ना जा रहा था फिर और छोटा करते गई और जब लास्ट में उसको लग रहा था कि नहीं ये बड़ा हो जा रहा है तो वो क्या करती है सी डिड नॉट गिव हिम एनी थिंग टू इट वो उसको देती ही नहीं है खाने के लिए उसका ये रिएक्शन होता है नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे, आगे आपका दिया हुआ है। वो है क्वेश्चन नंबर 15। वट वर दिंग्स ब्रूनो यूज टू हैव इन हिस फूड लिस्ट तो ब्रूनो स्टार्ट ब्रूनो यानी कि ये आपका जो चैप्टर है बुक नंबर टू से दिया गया है ठीक है द एडवेंचर ऑफ So to say, so Bruno started having everything as his food like vegetables, fruits, nuts, meat, curry and rice, regardless of uh, condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, puddings. So these are the foods that he ate. So from this, you have to remember some things. It is not necessary that all of them are there. But some of them you have to write. Next, your question number. 16. Who were Abdul Abdul Kalam's school friends? What did they later became, become? So, Abdul Kalam क्या बने तो रामनंदा शास्त्री अरविंदन शास्त्री शिव प्रकाशन रामनंदा शास्त्री अरविंदन and शिव प्रकाशन ये तीन लोग थे और ये उनके स्कूल के दोस्त दोस्त थे रामनंदा शास्त्री बिकेम अट the रामेश्वरम टेम्पल वो रामेश्वर टेम्पल के प्रिस्ट बन गए पुजारी बन गए अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग ग्रीम्स और वो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था में लग गए और शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रेक्टर फॉर द साउद रेलवे साउदे के लिए वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए ठेकेदार बन गए नेक्स्ट आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 17। व्हाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर रिसिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन एंड विडोज प्रशांत एंड द अदर वॉलेंटियर्स रिसिस्टेड द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस For orphans and and and widows, because they felt that in such institutions the children would would grow up without family love and wisdom would suffer from stigma and loneliness। कदा है उन लोगों ने ऐसा institutions, ऐसे संस्थाओं की व्यवस्था इसलिए करना चाह क्योंकि उन लोगों को लगा कि वो परिवार जो अपना बाल बच्चा खो चुके हैं या वो बच्चे जो अपना परिवार खो चुके हैं वो ऑर्फन की तरह अकेलापन में उन लोगों को दिक्कत हो जाएगा इसलिए उन लोगों को ने क्या सोचा दे कंसीडर देट ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन दियर ओन कम्युनिटी और इन द फोस्टर फैमिलीज मेड अप चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रेन विदाउट एडल्ट केयर तो उन बच्चों को उन परिवार के साथ पास देने का निर्णय लिया गया जिनके बच्चे uh, खत्म हो गए या गुजर गए या माँ बाप को उन बच्चे को दिया गया उन बच्चों को जिनके माँ बाप गुजर गए यानी कि जो ऑर्फन हो गए यानी कि जिनके मां बाप गुजर गए तो वैसे परिवार को दे दिया गया उस बच्चे को जिनके पास बच्चे नहीं थे या जिन, आ, जिनके माँ बाप गुजर गए तो वो उनको दे दिया गया इसी तरह से आगे देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू द किंग सॉरी द क्वेश्चन इज दैट यहां पे आपका दो क्वेश्चन रहेगा दो में से किसी एक जवाब देना है। कहता है, कहता राजा के हिसाब से दोषी मेन दोषी जो था रियल वास्तविक दोषी कौन था और वो दोष मतलब सजा से कैसे बच गया ये सवाल है है ना? तो चलिए देखिए राजा के हिसाब से आखिरकार दोषी कौन था according to the king the rich merchant was the real culprit as he had inherited everything from his father raja ke hisab se wo businessman hi doshi tha kyunki businessman apne pitaji ji se sab kuch virasat mein paya tha chahe wo sampatti ho chahe wo unka kiya hua paap ho raja ke hisab se unhone hi paap kiya tha merchant ke pitaji to kyunki merchant ne apne pitaji se virasat mein kya paya संपत्ति और राजा के हिसाब से उस पाप का भागी भी वही होगा उसी तरह हिज़ फादर वाज़ इसलिए राजा की से कहता है, उसके पिताजी अब जीवित नहीं है और उसके संपत्ति का मालिक वो मर्चेंट है इसीलिए वही उसका सजा का भाग्य बनेगा अ न्यू स्टेक वॉच ऑर्डर फॉर द एग्जीक्यूशन बट द रिच मर्चेंट वॉच टू थिंग टू बी एग्जीड हालाकि एक uh, new stake, उसमें वो फिट नहीं बैठा जिसके वजह से be punished। द किंगा को लगा कि भाई उसको सजा नहीं मिलेगा तो किसी को तो सजा मिलना चाहिए तो उसके वजह से उसने एक ऐसे आदमी का डिमांड किया मोटा ताजा आदमी का जो उस फंदे में फिट हो सके दिस हेल्प द मैन स्केप द पनिशमेंट इसके वजह से वो सजा से वो बच जाता है आइए आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आपको वट वॉज बेहरमैन ड्रीम हाउ डिड इट कम ट्रू बेहरमैन है ना क्वेश्चन है कि बेहरमैन का सपना क्या था और कैसे पूरा हुआ था तो सपना यही था उसका कि एक मास्टर एक पिक्चर बनाया जाए तो बेहरमैन हैड अ लाइफ लॉन्ग ड्रीम टू पेंट अ मास्टरपीस अना एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने का एक उसका सपना था अब पूरा कैसे उसका वॉज बेहरमैन ड्रीम तो उसका ड्रीम ये, ये, ये, तो ये था कि एक मास्टर पीस पेंटिंग बनाया जाए बेहरमैन पेंटेड द लास्ट लिफ टू से उसने पेंट किया द लास्ट लिफ लिफ एक पेंट किया जोनसी के लाइफ को बचाने के लिए पेंटेड सक्सेडेड इन इन रिवाइविंग लाइफ और उसका जो उसने जो उसने बनाया उस पेंटिंग की वजह <coughs> पेंट करते करते इतना बीमार हो गया खुद से मर गया लेकिन उसने पेंटिंग नहीं छोड़ा यानी काम को अधूरा नहीं छोड़ा मरते वक्त तक भी जबरदस्त काम किया उसका उसका बलिदान ने, और जो सेक्रीफाइस यानी बलिदान था और जो मैसेज था उस लास्ट लिफ का कि हमें आशावादी होना चाहिए ऑटोमिस्टिक होना चाहिए ये प्रूव कर दिया कि एक मास्टरपीस था दस हिज ड्रीम वॉज फुलफिल्ड तो ये था हमारा अंग्रेजी का इंग्लिश का टर्न टू का सेट सेट से हम लोग क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं बस इतना थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और बाकी सब्जेक्ट का भी इसी चैनल में प्ले में आपका चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो मैथ हो सबका अब सेट बनाया जा रहा है कुछ का तो बनाकर करके डाल दिया गया है जो बचा वो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी धन्यवाद